आमतौर पर एक इंसान पानी के अंदर अपनी सांस दो से तीन मिनट तक रोक सकता है जैसे कि केट विंसलेग जो अपनी सांसों को पानी में सात मिनट तक रोकने का रिकॉर्ड बनाया था देखे। देखे। देखे। देखे। लेकिन एक ऐसा जीव जो अपनी सांसों को छह दिन तक रोक सकता है तो जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले स्कॉर्पियनि बिच्छू बिच्छू एक ऐसा जीव है जो पानी के अंदर अपनी सास को छह दिन तक रोक सकता है